तो हेलो गाइस वेलकम बैक इन अनाद वीडियो तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट होने वाला है तो so गाइस आज आपको मैं एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिस एप्लीकेशन से आप आप लोगों के यूट्यूब चैनल के वीडियोस को ग्रो यानी कि रैंक करा सकते हो और साथ ही साथ यूट्यूब वीडियोज़ पर व्यू और वाच टाइम भी ला सकते हो और इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा तो so गाइज़ उस एप्लीकेशन का आप लोग नाम नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है ट्यूब बर्डी ऐप तो गाइज इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना प्ले स्टोर पर जाना है तो गाइज़ इस ऐप आप से आपके हेल्प से आपका यूट्यूब चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर ट्यूब बडी लिख के सर्च कर देना है तो यहाँ पर मैंने लिख के सर्च कर दिया आपको वहीं लिख के सर्च कर देना है तो आपको ट्यूब बडी लिख के सर्च करके कर यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ओके कर देता हूँ ओके कर देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद जो प्रोसेस है A few later. जैसे कि आप लोग तो आप तो मतलब आपको गूगल अकाउंट से यहाँ पर लॉग इन कर लेना है तो यहाँ पर मेरा जो गूगल अकाउंट है उससे में कनेक्ट करूंगा तो गैस मेरा जो ये वाला मतलब गूगल अकाउंट है इससे मैं लिंक करूंगा तो गैस यहाँ पर आपको कुछ ही सेकंड का वेट करना है आपका जो गूगल अकाउंट लॉगिन हो जाएगा इस ऐप से तो गैस यहाँ पर देख सकते हो तो हो गया तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना आठ चैनल का नीचे ऑप्शन दिख रहा है मतलब आप किसी भी इस ऐप किसी भी आपके यूट्यूब चैनल से कनेक्ट कर सकते हो तो गैस आप जो भी यूट्यूब चैनल चला रहे हो उस यूट्यूब चैनल से आपको इसको कनेक्ट करना है तो आपको ऐड चैनल का नीचे ऑप्शन दिख रहा है ऐड चैनल पर आपको क्लिक कर देना है कर देने के बाद आप जो भी YouTube चैनल यहाँ पर ऐड करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो तो गाइस अभी तक फिलहाल मैं इस YouTube चैनल को चला रहा हूँ तो इस YouTube चैनल को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा ऐड कर देने के बाद जो बात का प्रोसेस है वो आपको बता दूंगा तो गाइज यहाँ पर चैनल जो है वो ऐड हो गया है और तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो गाइज यहाँ पर आप लोग अपने YouTube वीडियोस को साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन अच्छे से, साथ, से लेते हो तभी ना आपका यूट्यूब चैनल का वीडियो वायरल होता है तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा मेरा कहाँ कहाँ गलती हो रहा है मतलब टाइटल में कहा गलती हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में क्या गलती हो रहा है आपको सब कुछ पता चलेगा जैसे कि आपको यहाँ पर आपके चैनल में जितने भी वीडियोस सब यहाँ पर आपको शो कराएंगे आपको कोई सा भी वीडियो पे यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टिक साइन आ चुका है मतलब यहाँ पर सब कुछ मेरा सही है तो यहाँ पर फर्स्ट जो देख सकते हो तो अपलोड हाई रिस्क थमलेल मतलब मैं अच्छा थमलेल लगा लगाया होंगे इसलिए यहाँ पर राइट साइन दिखा रहा है और सेकेंड वाला जो है टाइटल मतलब टैक्स के तो ऊपर डिपेंड करता है आप जितना अच्छा टैग लगाओगे उतना अच्छा आपका वीडियो वायरल होगा तो यहाँ पर टैक्स मैंने अच्छा लगाया, है यहाँ पर अच्छा यहाँ पर राइट साइन दिखा रहा है तो थर्ड नंबर जो है ऐड टेक्स टू योर डिस्क्रिप्शन तो कैसे ये भी मैंने अच्छा किया है इसलिए मेरा इस पोजीशन पे, तो यहाँ पर यहाँ पर जो फोर्थ वाला है वो टाइटल लेंथ तो यहाँ पर आपको टाइटल सेवेंटी फाइव वाट का करना होगा तो साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते तो नीचे जो रिजल्ट है नाइन और एट मतलब नो मेरा सही हुआ है और एक अच्छा नहीं हुआ तो कैस आपको भी ऐसे क्यों कैसे करना है तो आपको भी मैं बताऊंगा तो गैस इस सब को कंप्लीट करने से आपका जो वीडियो वायरल मतलब रैंकिंग करना स्टार्ट कर देगा तो गैस ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आप लोग इस ऐप के हेल्प से आप लोग खुद के यूट्यूब वीडियोस को वायरल करा सकते हो तो गैस यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फंक्शन्स है जिस फंक्शन के मदद से आप लोग टैग यूज कर सकते हो और साथ ही साथ बहुत कुछ यूज कर सकते हो तो गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का जो टैग यहाँ से आप लोग टैग उठा के यूज कर सकते हो यहाँ पर जो भी यहाँ पर प्रेजेंट ऑडियंस आपका जो टैग यहाँ पर सर्च करा है वही टैक आपको अपने वीडियोस पे बैठा देना है तो गाइज यहाँ पर आपको बैक आ जाना है सिंपल सा तो पर यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर कमेंट्स पे जाना है कॉमेंट्स पर जाने के बाद यहाँ पर देख सो माइल स्टोन मतलब आप पर देख दो मेरे चैनल में सेवेंटी सब्सक्राइबर है वहाँ पर आप शो करा रहा है कि मेरे चैनल में सेवेंटी सब्सक्राइबर है तो आपके यहाँ आप पर जाना है आपको यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको सेकंड वाले वीडियो पर आपको बता दूंगा तो यहाँ पर से आप लोग टैग्स भी देख सकते हो मतलब कौन सा टैग कितना अच्छा है आप लोग अपने वीडियोस पर लगा सकते हो तरह टैग एक्सप्लोरर है इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो टैग लिस्ट उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो तो आपको टैग एक्सप्लोर पर आपको जाना है जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी टैग आपको यूज करना है मतलब आप जो भी वीडियो छोड़े उसको उसके कैटेगरी से आपको यहाँ पर टैग यूज़ करना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वन के सब्सक्राइबर वन के सब्सक्राइबर वन के सब्सक्राइबर इन यूट्यूब लिख के आपको सर्च कर देना है यहाँ पर सजेस्टिंग टैग आपको देखने को मिल जाएंगे मतलब ट्यूबर्डिया आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि ये टैग अपने खुद के वीडियो पे लगाओ ताकि आपका वीडियो भी वायरल हो सके इसको लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है सर्च कर देने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हो तीन टाइप्स के तीन टाइप्स के टैग आ चुके हैं एक है एक हाँ ऐसे सब्सक्राइब और दूसरा है हाउ टू कम्प्लीट वन के सब्सक्राइबर और एक है लास्ट जो वन को वन के सब्सक्राइबर तो गैस ये टैग अपने वीडियो पे लगाने से आपका वीडियो हंड्रेड एंड वन परसेंट वायरल होगा मैं बता रहा हूँ तो गैस ये यूज करके मेरा भी वीडियो पे व्यूज़ आने लगे हैं पहले तो मेरे वीडियोज पे एक दो तीन दस व्यूज़ आने लगे थे लेकिन इस ऐप के हेल्प से मेरे YouTube वीडियोस पे 50, 100, 200 दो व्यूज आ रहे हैं तो इस टैग को भी आप लोग अपने वीडियोस पे यूज कर सकते हो तो गैस इससे ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप लोग बता देना मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को दिखा दूंगा तो गैस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो